जय हिंद ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चार है जो लोग एक से तीन तक नहीं देखें वो हमारे चैनल पर चले जाएं या फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके हमारे वीडियोज पर पहुँच सकते हैं तो ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं जिनमें की इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं तो आप लोग पेपर पेन लेकर बैठिए और साथ में हल करिए आखिरी में बताइएगा कि आपसे कुल कितने प्रश्न बने तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न सूची मिलाना है एक तरफ संस्थापक दिए हैं दूसरी तरफ उनके शहर दिए हैं तो ऑप्शन ए है फ्रांसिस डे तो फ्रांसिस डे ने मद्रास शहर की स्थापना की थी ऑप्शन बी है जाप चारनाक जाप चारनाक ने कलकत्ता शहर को स्थापित किया था और गेराल्ड आंगियार ने बंबई को तो इस प्रकार से जो विकल्प दिए हैं वो मैच हैं पहले से तो इस प्रकार से इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ए का एक से बी का दो से और सी का तीन से प्रश्न नंबर दो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी ऑप्शन ए लुई चौदह के बी लुई तेरह के सी लुई पंद्रह के या फिर डी लुई सोलह के तो प्रश्न नंबर दो का सही उत्तर आप लोगों ने गाया है ऑप्शन ए लुई चौदह तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर तीन फिर सूची को मिलाना है सूची एक को सूची दो से मिलाना है एक तरफ स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ कंपनियों के नाम दिए गए हैं कि किस स्थान पर किस कंपनी का क्षेत्र था या शासन था तो प्रश्न नंबर तीन को जल्दी से मैच करिए फिर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है तो जो पांडुचेरी है पांडुचेरी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी गोवा में पुर्तगीज थे ट्रेंकोबार ट्रेंकोबार में डेनिश या डेनमार्क वाले थे जबकि मद्रास में डच थे तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दो तीन चार एक एक बार देख लीजिए फिर से पांडिचेरी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा में पुर्तगीज थे ट्रेंकोबार में डेनिश थे और मद्रास में डच प्रश्न नंबर चार किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया ऑप्शन ए अकबर बी जहांगीर सी शाहजहाँ या फिर डी औरंगजेब तो किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था ये बताना है तो प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जहांगीर प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था ऑप्शन ए डचों ने, बी अंग्रेजों ने सी फ्रांसी ने या डी पुर्तगालियों ने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करने की बात हो रही है तो प्रश्न नंबर पांच का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों ने प्रश्न नंबर छह किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलमद्वितीय द्वारा बंगाल बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे ऑप्शन एक लार्ड क्लायू बी लार्ड कारनवाली सी लार्ड बेलेजली या फिर डी लार्ड विलियम बेंटिंग तो प्रश्न नंबर छः का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लार्ड क्लायू आया था ऑप्शन ए विलियम हाकिस ने बी थॉमस बेस्ट ने सी थामस रो ने या फिर डी जोसिया चाइल्ड ने पुर्तगालियों को स्वाली स्थान है हराया था अंग्रेजों ने किस अधिकारी ने तो प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट ने प्रश्न नंबर नौ बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था ऑप्शन ए है बंदेल बी चिंसुरा में सी हुगली या फिर डी श्री प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी में प्रश्न नंबर कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था ऑप्शन ए अंग्रेज व फ्रांसीसी बी अंग्रेज व डच सी अंग्रेज व मराठे या फिर डी हैदर अली व मराठे प्रश्न नंबर दस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था कर्नाटक का युद्ध अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ध्यान सुनिएगा कि कर्नाटक का युद्ध किस सन में हुआ था ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था प्रश्न नंबर 11 मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे ऑप्शन ए डच बी अंग्रेज सी फ्रांसीसी या फिर डी पुर्तगाली सबसे पहले भारत से किसने व्यापार संबंध स्थापित किए थे मध्यकाल में तो प्रश्न नंबर ग्यारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने प्रश्न नंबर बारह निम्नलिखित पर विचार कीजिए ऑप्शन ए है मृदा के स्वरूप तथा उपज गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन दो है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग तीन है तम्बाकू लाल मिर्च की खेती उपर्युक्त में से कौन से या कौन सा कथन अंग्रेजों को भारत की देन थी या थे ये बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से अंग्रेजों को भारत की देन थी या थे तो कथन कौन सा सत्य है इसमें से प्रश्न नंबर बारह का सही हो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि ये सारे के सारे कथन गलत हैं। प्रश्न नंबर तेरह निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है ऑप्शन ए आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था बी है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया सी है आधुनिक कोच पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया या फिर ऑप्शन डी आधुनिक कोच कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था इसमें से एक ही कथन सत्य बताना है कौन सा सही है तो प्रश्न नंबर तेरह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण भी किया था यह कथन सत्य है बाकी तीनों असत्य हैं। प्रश्न नंबर चौदह पांडुचेरी वर्तमान में पुदुचेरी है। के संदर्भ में कौन सा कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो ऑप्शन ये है एक है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे दो है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे तीन है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा ही नहीं किया था इसमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं या सत्य है तो प्रश्न नंबर चौदह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल एक कथन सत्य है बाकी ये दोनों नीचे के गलत हैं पहला कथन जो सत्य है वो है पांडिचेरी पर कब्ज़ा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति जो थी वो पुर्तगाली ही थे प्रश्न नंबर पंद्रह लंदन में ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था ऑप्शन ए अकबर बी जहांगीर सी शाहजहाँ डी औरंगजेब तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अकबर प्रश्न नंबर 16 भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं हैं आपसन है पुर्तगालियों ने, ने चौदह ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था बी है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम या मसूलीप्टनम जिसे कहते हैं में लगाया था सी है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने सोलह ईस्वी तो तो में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था या फिर डी है डोपले के नेतृत्व में फ्रांसीियों ने सत्रह ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था इसमें बताना है कौन से कथन सत्य नहीं है जो नहीं है वो बताने हैं तो प्रश्न नंबर सोलह का सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या हो गया तो प्रश्न नंबर सोलह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने चौदह सौ ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था यह कथन सही नहीं है बाकी तीनों सही हैं प्रश्न नंबर सत्रह भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ लगाया था फ्रांसीियों की बात हो रही है अब बार ऑप्शन ए सूरत में बी पुलिकट में सी कोचिन में या फिर डी कासिम बाज़ार में तो प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूरत में प्रश्न नंबर अट्ठारह निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने, तो ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया इसमें बताना है कि कौन सबसे पहले आया फिर सबसे बाद में कौन आया तो प्रश्न नंबर अट्ठारह का सही जल्दी उत्तर बताइए कौन आया आ, क्या होगा तो प्रश्न नंबर अट्ठारह का जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा देखो सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाली तो रहेगा ये एक नंबर पर फिर उसके बाद आए डच ये दो नंबर पर फिर उसके बाद आए अंग्रेज और सबसे बाद में आए फ्रांसीसी। तो इस प्रकार से बनेगा सबसे पहले आए पुर्तगाली तो बनेगा चार फिर आए डच तो बनेगा दो फिर आए अंग्रेज और फिर आए सबसे आखिरी में आए तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर अट्ठारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फोर टू वन थ्री प्रश्न नंबर उन्नीस में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारी अड्डे स्थापित किए थे ऑप्शन ए है नागापट्टनम चिंसुरा मछलीपट्टनम बी है सूरत भरूच आगरा सी है कोचिन अहमदाबाद पटना याफ्रू उपरोक्त सभी इसमें बताना है कि डचों ने व्यापारिक अड्डे कहां पर स्थापित किए थे तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तो ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित आखिरी प्रश्न था ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप इनको सीरियस लीजिए ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे तो अब आप बताइए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएँ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए